नमस्कार बिटकॉइन आप ख़रीदते हो या बेचते हो या आप नए बंदे आए हो आपको बिटकॉइन खरीदना है बेचना सीखना है जिनके बेस्ट प्लेटफॉर्म है इंडिया में बेस्ट टॉप चलते हैं उनके नाम मैं आपको बताने वाला हूं जो इंडिया में बेस्ट चलते हैं जिनकी जानकारी आपको आज पूरी अच्छी तरह से मिलेगी थोड़ा सा भी इसकी मत करना जो पुराने यूज़र हैं वो भी देख सकते हैं जो नए यूज़र आए हैं वो भी देख सकते हैं तो उन दो कोइन का नाम है एक का नाम है कोइन स्विच कुबेर एक का नाम है वो इन दोनों की अलग अलग खासियत है कोइन स्विच कुबेर बिल्कुल फ्री है आइए देखते हैं इसमें इसमें आप कोई सा भी कोइन ख़रीदेंगे कोई सा भी बेचेंगे आपको कोई भी इसमें चार्जेस नहीं देना होता यहाँ पे प्रॉफिट फैलो है और ये मार्केट रेट्स भी चलते रहते हैं वाच लिस्ट भी है टॉप कैनर्स भी है टॉप लूजर्स भी है स्टोरेज इस, इस वक्त टॉप कैनर्स में चल रही है इसमें आपको गिफ्ट भी मिलते हैं जैसे आप इसको रेफर करते हो या इसमें आप दस हज़ार रुपये जब पहली बार इन्वेस्ट कर दोगे फिर भी आपको एक कोड मिलेगा जिससे आपको बिटकॉइन मिलती रहती है इससे आपका फ़ायदा होगा और इसमें कस्टमर केयर की सुविधा भी बहुत बेस्ट है बहुत जल्दी हेल्प करते हैं आप जैसे ही किसी भी कस्टमर केयर से जैसे ही हेल्प मांगोगे किसी भी के वाई रिलेटेड या ट्रांजैक्शन रिलेटेड आपको इसमें सहायता मिलेगी बस कई बार इसमें ट्रांजैक्शन रिलेटेड कई बार प्रॉब्लम आ जाती है जिससे कई बार दिक्कत हो जाती है बाकी ये ऐप बेस्ट है इसमें कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता बस कुछ फ़र्क होता है वॉजरिक्स और इसमें आइए देखते हैं हम दूसरी एप्लीकेशन यह है दूसरी एप्लीकेशन जिसका नाम है वॉजरिक्स इसमें और कॉइन स्विच को में बिटकॉइन या अदर क्रिप्टो करेंसियाँ अगर आप ख़रीदते हो तो इसमें ज़मीन आसमान का अंतर मिलता है लेकिन इसमें आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं जैसे ही आप इसमें पैसे ऐड करोगे या कोई से भी क्रिप्टो करेंसी या कुछ खरीदोगे तो आपको कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे हाँ बस इसमें प्रॉफिट सबसे अलग मिलता है कि इनवाइट एंड अंड पर आपको फिफ्टी कमीशन मिलता है जो कि बहुत बढ़िया है लेकिन चार्जेस देना पड़ता है तो इसलिए जो सक्षम हो चार्जेस देने के लिए वो इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और बिटकॉइन परचेज कर सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं इसमें भी एक्सचेंज का ऑफर है ऑर्डर्स भी है हिस्ट्री भी है इसमें भी कस्टमर केयर की सुविधा ठीक है आखिर है बाक़ी दोनों में से जो आपको ऐप अच्छा लगा हो वो, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं बाकी मिलते रहेंगे ऐसी वीडियोस के साथ जिसमें आपको कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी मिलती रहे और आपका भी फ़ायदा हो चलिए ये धन्यवाद आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं